Twenty twenty. दिल्ली में फिर से आपने पार्टियों से सीट छीनी शर्मा जी के बैट ने कीवियों से जीत छीनी ने जिंदगी दी सबकी बदल फरवरी के अंत होते शुरू हुआ असली स्ट्रगल मार्च आते आते सबके स्वासे से सूखे जी वक्त पलटा जैसे हो गाड़ी विकास दूबे की भूखे सी मजदूर पैदल घर को चले पेट खाली बाईस मार्च पाँच बजे छब्बे बजे प्लेट थाली लॉकडाउन ना सु सड़कों पे कोई न दिख रहा मुद्दत के बाद एक कुदरत का रंग निखरा बिखरा हर एक प्लान फिर सब हुआ पोस्पोन, पर लगरी, वर्क चालू, फ्रॉम डॉक्टर नर्स घर से दूर, केसेस की खाली कुकर गैस पे चढ़ाया सा जो, जो साल वो अजीब था सबने दूरी रखी कोई ना करीब था बीता ये जो साल वो अजीब था लगो ना कॉफी पी विनोद वाली फिर की से की, जो पीते उनको जो ले रहा है, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे चल रहा तनाव था, था जो खेलते थे पबजी भुगते खामिया खाम खा। यूट्यूब टिकटॉक वर्ल्ड वॉर थ्री का फील हो रहा टिकटॉक जो बैन हुआ इंस्टा ने रील छोड़ा बल सब सोचे कुदरत ने दिए है के छीन लो ये बिरुष्का की टीम में खिलाड़ी दो से तीन होंगे ले लिए खुद से प्राण पिया के लग रहे थे इल्जाम रिया पे के पड़ गए छापे जिसने पीता भांग लिया रे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है मीडिया बॉलीवुड से प्रश्न सौदा करता है कभी दीपिका की मर्सेज के पीछे पीछे भटको कभी टीवी पे आके ये रट लगाए मुझे ड्रग दो युवाओं ऐसी अनुरोध है चरस का लो ये मैं कर लेता हूँ तुम ट्रीम इलेवन पे टीम बना लोता ये जो साल वो अजीब था पिता ये जो साल वो अजीब था सबने दूरी रखी कोई ना करीब था पिता ये जो साल वो अजीब था यूएस पूछा रेसिज्म के केसेस हम कैसे रोकेंगे कॉप्स बोले ऐसा नहीं सोचा है आप पर सोचेंगे जीत का सहरा एमआई तो पहली बार जी बिहार में जो ना कायम फिर ऐसी वही सरकार के बाहर ट्रैक्टरों की लगी एक कतार जी पंजाब के सरदार जी हरियाणा के भी बार सी पंजाबी पुच्छगा ले कुत्ता टॉमी थोड़ा कुत्ता कुत्ता बचाबी में ट्वीट दिलचित कर रहा ट्विटर पर समझना है तो खुद समझो बनो आत्मनिर्भर सुना है मैदान न दिखे साथ पिछ पर माही का संन्यास कर गया दिल पर कोरोना का जितना खोफ था जाए नीचे जैसे जीडीपी क्रिकेट फैंस को तोहफा हुआ लॉन्च डब्ल्यू थ्री प्रभु जोड़ हाथ तुझसे करते हैं कामना की दिया जो बुखार तो दे दे उपचार भी हाँ सी गेंदबाज भी एमसी के साथ है क्या हुआ जो सामना तो डंडा उखाड़ दिया लाइव टेलीकास्ट इतना फास्ट चल रहा था अपने को लगा अपन हाईलाइट ताक रुख्ता सबूत दिया भारत के स्कोर ने की अपना ऑस्ट्रेलिया से 36 का आंकड़ा है ऑफ डाइस ऑस्कर में जीती जो कर कितने चाहे गए हमसे दूर सबको नसीब होगा पैराडाइस गुजरेगी की नकला कभी चाहे गुजरे शरीर रब का घर भी हुआ होगा इस मुनर ऐसी अमीर तो rest in peace शुरू धुआं अब तक आंखों में जा रहा है 2020 ट्वेंटी साल ये किसी को ना गबारा है अचानक शादी रच रहा क्यूँ हर कोई कुबारा है हमसे पूछो हमने ये जमा कैसे गुजारा है अब बिताइए जो साल वो अजीब था बीता ये जो साल वो अजीब था सबने दूरी रखी कोई ना करीब था बीता ये जो साल वो अजीब था बीता ये जो साल वो था, बीता ये ये जो जो साल साल वो वो अजीब अजीब था था सबने दूरी रखी कोई ना करीब था बीता ये जो साल अजीब था वो